सो नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर दैट इज़ फिनेंशियल प्लानिंग फिनेंशियलिय प्लानिंग क्या होता है ये फाइनेंशियल मार्केट का जो मैंने पहले वीडियो बना दिया हूँ और उसके बाद अभी जो पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट अभी पढ़ ली है अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है यही टॉपिक